सिर्फ एक सवाल गुरुजी हम मनुष्य इस पृथ्वी पर ऐसे ही आ गए हैं या भगवान की या किसी अलौकिक शक्ति की मर्जी से आए हैं हम इस ग्रह पर क्यों हैं बस संयोग से या किसी अलौकिक शक्ति की योजना की वजह से मेरे ख्याल से पृथ्वी भी यही सोच रही है कि ये इंसान यहां पर आखिर क्यों आ गए देखिए सौर मंडल की बनावट और अंतरिक्ष की ऐसी ही दूसरी प्रणालियां आकाश वगैरह ये सब इस रूप में हैं क्योंकि वो ज्यामति की एक सटीकता तक पहुंच गई है ज्यामति यानी अभी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है इसे अपनी सटीक ऑर्बिट मिल गई है इसीलिए ये लगातार घूमे जा रही है कोई इंजन इसे नहीं चला रहा देखिये हवाई जहाज उड़ रहा है लेकिन उसे इंजन की शक्ति के कारण धक्का मिलता है इसे कोई धक्का नहीं मिल रहा यह बस जामिति की सटीकता तक पहुंची और यह घूमे जा रही है जिस दिन इसने अपनी जामिति की सटीकता खो दी इसने अपनी ऑर्बिट खो दी ये गई काम से तो इस प्रक्रिया में इस ग्रह पर जीवन भी पनपता है इसी जामिति को विभिन्न स्तरों पर शामिल करके हम यौगिक संस्कृति में कहते हैं इंसान शारीरिक रूप से और दिमाग के मामले में भौतिक विकास की चरम सीमा तक पहुंच गया है यानी कि लाखों सालों के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर से एक सींग निकल आए जैसे कि पूंछ गायब हो गई कुछ और गायब हो जाए ऐसा नहीं हो सकता हम ऐसा एक खास संदर्भ से कह रहे हैं आज मॉडर्न न्यूरोसाइंटिस्ट भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंसान के दिमाग में न तो न्यूरोन का आकार बढ़ सकता और न ही अंदर की वायरिंग बढ़ सकती है क्योंकि भौतिक नियम इसकी अनुमति नहीं देते लॉज ऑफ फिजिक्स इसकी इजाजत नहीं देते मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा इसे सरल शब्दों में कहें तो हम इसे यूं देखते हैं आपका जन्म इस ग्रह पर सारा जीवन सौर ऊर्जा पर चलता है, है ना ये सूर्य की ऊर्जा है जो ये सब कर रही है साथ ही साथ चंद्रमा के गोल घूमने और चक्कर लगने का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है समुद्र का स्तर भी चांद की गति के साथ कम ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारी माताओं के शरीर चंद्रमा की परिक्रमा के साथ तालमेल में थे हम पैदा हुए और अभी हम यहां हैं अगर चंद्रमा की 28 दिन की परिक्रमा महिलाओं के शरीर में खुद को न दोहराती तो आप और मैं पैदा ही नहीं हुए होते तो चूंकि ये हद तक पहुंच गया है हम कहते हैं कि भौतिक नियम इस हद हाँ तक पहुंच गए हैं कि इस ग्रह पर जीवन अब और विकसित नहीं हो सकता आपके पास जो कुछ भी है आप उसका पहले से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमने पहले साधारण फोन फिर स्मार्टफोन और फिर आईफोन बनाया इसी तरह हम इसका बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं लेकिन मूलभूत भौतिक नियम इस प्राणी को और विकसित होने की इजाजत नहीं देंगे तो क्या यह संयोग से हो गया नहीं विकास का सिद्धांत आप चार्ल्स टॉमिन को जानते हैं जिन्होंने कहा कि आप बंदर थे मैंने नहीं उन्होंने कहा अगर आप विकास के सिद्धांत को देखें जिसे सिर्फ डेढ़ सौ साल पहले ही प्रस्तुत किया गया था हम हजारों साल पहले ये कह चुके हैं मतलब क्या आप दस अवतारों के बारे में जानते हैं कम से कम नौ तो आप जानते होंगे जो आ चुके हैं पहला क्या है मत्स्य अवतार मत्स्य अवतार का मतलब है मछली या पानी का जीवन इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत पानी के अंदर हुई अगला अवतार क्या है कूर्मा अवतार एक कछुए की तरह उभयचर आधा पानी में और आधा जमीन पर अगला है वरा अवतार सुअर या जंगली सुअर सभी स्तनधारियों में से जंगली सुअर एक ऐसा जानवर है जो अपने शरीर के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा होता है हम जंगल के पास रहते हैं हम देखते हैं कि आदिवासी लड़के हिरण को एक छड़ी से मार सकते हैं अगर आप उसे एक छड़ी से मारते हैं तो वो मर जाएगा गली के कुत्ते हिरण का शिकार कर सकते हैं पर जंगली सुअर को मारने की आप कोशिश करके देखिए उसे मारना इतना आसान नहीं है आप उसे गाड़ी से ठोक दीजिए उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई फिर भी वो चला जाएगा वो रुकेगा नहीं क्योंकि वो शरीर से मजबूती से जुड़ा होता है उसका जीवन बहुत शारीरिक है तो जीवन का अगला रूप था वराह अवतार इसका सीधा सा मतलब यह है कि सृष्टि के रचयिता की पहली अभिव्यक्ति थी मछली फिर एक कछुआ फिर एक जंगली सुअर अगला है नरसिंह आधा आदमी आधा जानवर अगला है वामन एक बौना आदमी अगला है एक पूर्ण रूप से विकसित लेकिन भावुक होकर धीरज खो देने वाला इंसान परशुराम अगला है एक शांतिपूर्ण इंसान राम अगला है एक प्रेम करने वाला इंसान कृष्ण अगला है एक ध्यान में मग्न इंसान बुद्ध ने माना जाता है कि अगला दिव्यदर्शी होगा जो अभी तक आया नहीं है ये बिल्कुल डार्विन के विकास के सिद्धांत की तरह ही है है ना ये दोनों एक ही क्रम में हैं, ठीक एक ही क्रम में डार्विन ने अपना सिद्धांत सिर्फ 150 साल पहले प्रस्तुत किया था यही बात बारह से पंद्रह साल पहले कही जा चुकी है खुद आदि योगी ने इसके बारे में बताया था तो अगर आप जीवन पर गौर करते हैं तो आप साफ साफ देख सकेंगे कि जो निर्जीव है उससे जीवन प्रकट हुआ और फिर उससे जीवन का विकास हुआ हमने इसे हमेशा इसी तरह से देखा है हमने हमेशा जाना है कि जीवन विकसित हुआ है आप जिस भी मंदिर में जाते हैं वहां एक सांप होता है ऐसे प्रतीक कई जगहों पर है क्योंकि आज भी आपके दिमाग के एक हिस्से में रेंगने वाले जीव का दिमाग है आप जानते हैं कि आपके दिमाग का केंद्रीय मुख्य भाग अभी भी रेप्टिलियन ब्रेन है और यह आज भी काम करता है हमारे पास योग में अलग अलग अभ्यास हैं कि कैसे इस रेप्टिलियन ब्रेन से परे जाया जाए और सेरेब्रल कॉटेक्स को काम करने दिया जाए और आज हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने शाम्भवी महामुद्रा पर साइंटिफिक स्टडीज की है यह बुनियादी क्रिया है जिसे हम सिखाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप तीन महीने तक शांवी महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो न्यूरॉन्स के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया 241 प्रतिशत तक बढ़ जाती है आज तक किसी भी तरह की रिसर्च के इतिहास में इस तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है सिर्फ 21 मिनट के एक आसान से अभ्यास से आपके दिमाग के काम करने की क्षमता दो बढ़ जाती है और न्यूरोन्स का पुनर्निर्माण होता है इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप ज्यादा बुद्धिमान होते जाएंगे आम तौर पर जवान लोग सोचते हैं कि आप मूर्ख होते जा रहे हैं हाँ आपका दिमाग असल में बढ़ रहा है समझे आप यह हर दिन बेहतर हो रहा है अब वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं। हम हमेशा से ये जानते थे पर आज एक मीटर को यह कहना पड़ता है अगर कोई इंसान कहता है तो ये सच नहीं है अगर कोई इंसान कहता है तो बात भरोसे के लायक नहीं है किसी मीटर को यह कहना होगा अब मीटर भी कह रहे हैं कि बस 21 मिनट का अभ्यास करने से आपका दिमाग असल में बढ़ रहा है और आप मीटर पर यकीन मत कीजिए आप बस तीन महीने तक यह अभ्यास कीजिए और देखिए आप पाएंगे कि अचानक आपका दिमाग कितना स्पष्ट और कितना तेज हो जाएगा